टू माय चैनल तो कैसे हैं आप लोग अर्बन ब्लैक में नहीं तो सब्सक्राइब करें कर कर कर कर फोटो रूम ऐप को ओपन करेंगे फोटो रूम ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से स्टार फ्रोम फोटो में क्लिक करेंगे यहाँ से अपनी फोटो एड कर लेना जिस फोटो का कलर चेंज करना होटिंग लेगा नेट को चालू करने लेना डाटा को अपने अब यहाँ से ऊपर ऊपर करेंगे करेंगे से से और करेंगे। यहां से फोटो एडिटिंग क्लासिक में क्लिक कर देंगे यहाँ से देखिए ब्लैक कलर हो चुका है अब यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और तो यहाँ से बिलर वाले को कर देंगे आप बिलर भी कर सकते हैं हाई कुछ इस टाइप कर लेना और यहाँ से फ़ोटो कर लेते हैं सेव इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरे में क्लिक कर देंगे फोटो सेव हो चुकी है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल में सब्सक्राइब कर देना